में और आनंद के कृष्ण माता के ऑनलाइन लाइव शक्तिपात नागपुर महाराष्ट्र से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ध्यान महाभियोग कुंडली ध्यान महाभियोग शक्तिपात कुंडली जय जय। हो इस प्रकार से से वीडियो कॉलिंग द्वारा सहज गति देश के कोई भी कोने में शक्तिपात दिया जाता है ये महानुभाव साधक अलीगढ़ में शक्तिपात ले रहे हैं नागपुर और ये मुस्लिम समाज के एक उच्च शिक्षित स्कूल के हेडमास्टर भी है प्रेरणा उनको मिली है कि सब एक है परम शक्ति आदि शक्ति कुंडली शक्ति परम शक्ति एक है कारण वो जानते हैं धर्म के बारे सब चीज को बारे में सत्य वही मोक्ष और आनंद और मुक्ति के लिए इस मार्ग पे ध्यान समाधि के चल रहे जय हो